exploder for the wreckies swagat hai aapka hamare naye video mein we hamare ek aur bata rahe hain exploders reloading are re arre katte shaktiman bane phir raha hai ud raha hai